हेलो दोस्तों आपने टाइटेनिक का नाम तो जरूर सुना होगा यानी वो टाइटेनिक शिप जो आइसबर्ग से टकराकर डूब जाती है लेकिन आपको मालूम है रियल टाइटेनिक शिप को बनने में करीब 37 करोड़ रुपए लगे थे और बाद में उसके ऊपर एक मूवी बनी थी और उस मूवी का नाम भी टाइटेनिक ही था जो कि नाइनटीन में रिलीज होती है उस मूवी को बनने में करीब दो मिलियन डॉलर यानी एक करोड़ रुपये लगे थे कई वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें